हेलो गाइस, बेसिकली ये कोई वीडियो नहीं है। uh, दरअसल आज मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताना चाहता हूं, जो कि लाइक like, कभी ना कभी तो हर यूट्यूबर के साथ मेरा मानना है कि हुई होगी। तो एक जो uh, ये जो ये मेरी स्टोरी है मैं बताना बताना चाहता चाहता उस वीडियो के रिलेटेड वाली की मैंने मैंने जो अपना चैनल है वो ग्रो करने में बहुत बहुत सारे ट्रिक्स अपना बहुत सारा अपनाया मैंने अपने चैनल को ग्रो करने में है ना तो एक सेकंड में आपको बताता हूँ हाँ। तो बहुत मेहनत लगाई है, बहुत। मैंने क्या कुछ नहीं किया है ना? मैंने क्या कुछ नहीं किया तो मैं आपसे आज यही शेयर करना चाहता हूँ कि जो लाइक like मेरा मेरा वो वो है है एक एक तरीके का का जो चैनल चैनल मैं चाहता था कि कि बहुत बहुत ग्रो ग्रो ग्रो हो जाए ऑब्वियसली हर यूट्यूबर यही चाहेगा उसका मैंने मैंने भी ग्रो करने के लिए मेहनत की मैंने बीबा बीबा का कवर अप निकाला है ना प्लस मैंने आ, क्या बोलते हैं बिहारवा किया एक्चुअली मैं वो भी एकादशी के बाद वाला सीन है बल्कि हाँ मैंने बिहारवा तो अभी भी हमारी चालू ही है है ना मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी वीडियो में एक वीडियो में six hundred thirty three व्यू आ जाएंगे literally शॉर्ट अपलोड किया था। था। भाई भाई जो हमारे फुकरा इंसान है है। ना, उन्होंने एक एक एक चीज बड़ी सही कही वीडियो वीडियो बनाने में कितना? एक वीडियो थी मेरी मिनट मिनट की, उसको मैंने मेहनत करके बनाया शॉर्ट्स क्या बोलते हैं? शॉर्ट ये जो है हमारे, मैंने शॉर्ट को 15 सेकंड में 1 से 10 की गिनती नहीं लिख पाते और उस 15 सेकंड की वीडियो में मेरी 633 भी और जो मैं 30-30 मिनट मेहनत करके एडिटिंग करके जिस पिट के वीडियो डालता हूं उस पे कुछ नहीं बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा शॉर्ट गलत है हा, बट हां कभी यकीन नहीं था कि शॉर्ट्स पे इतने ज्यादा व्यू आ जाएंगे और पहला तो हमारा हमारा हो गया और दूसरा दूसरा हमने हमने किया किया था था का का नहीं आ रही हाँ। दूसरा भी हमने किया था, का। जो स्ट है वो भी काफी सही है राइट। ये थी जैसे कुत्ते रोटी ढूंढते है ना वैसे मैं सोचता क्या अगली वीडियो अब तो कभी कभी लगता है बस अपलोड अपलोड करो करो करो एंड करो, एंड सिंपली इस चीज़ को को वीडियोस का एपिसोड करने के बाद सीज़न उसका देखते रहेंगे चलेगा वो आराम से चलते रहेगा अब YouTube शो पे जंप करो लिटरेली अभी वाईफाई चल नहीं रहा है मेरा देखता हूं मैं अभी दिखाता हूं एक बार अपना ट्रेंडिंग वो देखो youtube की ट्रेंडिंग वीडियो ट्रेंडिंग कौन नंबर 1 में शॉर्ट्स चल रहा है 2 में शॉर्ट्स चल रहा है 3 में शॉर्ट चल रहा है 4 में शॉर्ट चल रहा है 5 में शॉर्ट्स चल रहा है 6th में कोई वीडियो चल रही है शायद 7th में क्रेजी भाई की क्रेजी एक्स वाई जेड की वीडियो चल रही है फिर एथ नाइन टेंट्स चल रहे तो भाई आज कल देखता हूँ यही बताने के लिए मैं मैं आपको वो कर रहा रहा था कि अब शायद मैं पे वीडियो को छोड़ बिहारवा का एपिसोड टू शायद ही शायद जिंदगी में कभी नहीं आएगा बट आ भी सकता है यही एक स्टोरी थी प्लस अनाउंसमेंट थी मेरे तरफ से अब आपको मेरा ओपिनियन लगा कमेंट डाउन आज मैंने शॉर्ट्स शॉर्ट्स अपलोड अपलोड अपलोड स्टोरी नहीं करता ना करता ना कि कम्युनिटी पोस्ट हूं ज्यादा व्यू आ जाता है ज़्यादा व्यू व्यूज के हम भूखे हैं लालची हैं ये ये इसको टिकटॉक टिकटॉक पे पे लाऊंगा द एक वीडियो वीडियो में में व्यू चले जाएंगे बैन हो गया सॉरी क्या बोल रहा अभी अभी देखो इस अभी वाली कर दूंगा गारंटी दे रहा हूँ एक महीने बाद तो इस वीडियो में हजार व्यू होने जो तारा भाई जो आज इतना इतना डालेगा डालेगा YouTube किसी ने सोची ना होगी समझ गए एक और चीज टाइम देखो वीडियो कितने बजे बना रहा हूँ एक मिनट मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कैमरा कैमरा क्वालिटी क्वालिटी अच्छी अच्छी आ आ रही रही है है चलो चलो हो गया देख लिए 934, अच्छी आ रही है? नहीं नहीं कैमरे से बना रहा ये देखो कैमरा मेरा ये नहीं बना रहा हूँ ना बस उसके कैमरे से बना रहा हूँ मत uh, क्या बोलूं यार हां बस तो मैं इतना ही बताना चाह रहा था YouTube शॉर्ट्स पे अब जंप किया जा रहा है है ना तो रेडी रहना YouTube शॉर्ट्स पे PKVS सून आएंगे शायद आधे से ज्यादा वीडियो PKVS की YouTube शॉर्ट्स पे ही होंगी शायद ते दिन से मैंने P K X D भी नहीं खेला, नहीं खेला, क्यों? क्यों नहीं खेला? Views आएंगे, comment आएंगे P K X D के, नहीं, तब ना खेलूँगा। Guarantee दे रहा हूँ अगर किसी वीडियो में मेरी क्या दो एक comment से ज़्यादा होगा, वो भी एक comment पता है कौन करता हूँ मैं खुद मम्मी की आईडी से, Gmail जी, से दस मिनट की ये वीडियो बनानी थी देखो आठ नौ मिनट तो ऐसे टाइम पास में गया है वैसे मैं गुस्सा क्यों ए मेरा कोई प्लान नहीं था यूट्यूब शॉर्ट्स को रोस्ट करने का नहीं ये पक्का ये मैंने नहीं लिखा था मैं बस इतना बताने आया था कि मैं भूल गया हाँ तो मैं ये बताने वाला था मेरी 30 अचीवमेंट हो गई थैंक यू इस स्पॉटिफाई पे तो कभी नहीं सोचा था कि द पीचीज पॉडकास्ट आएगा थैंक यू जो हुआ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस होप यू ऑल एंजॉय एंजॉय किए क्या हां तो होप यू एंजॉय मेरी पहली ये ऐसी वीडियो है जिसमें मैं ओनली बात कर रहा हूं बस ग्रीन स्क्रीन में तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो टेल देन पीस आउट